हाउ टू क्रिएट पे टी एम अकाउंट हेलो गाइस मेहमान आप लोग देख रहे हैं माइजिक आप लोगों को दिखाने वाला हूं किस तरह से आप लोग पे टी एम अकाउंट क्रिएट करेंगे न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहां से जाके आप लोग कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करेंगे आप सीधे प्ले स्टोर में ले जाएंगे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप क्रिएट कर सकता है किस तरह से डाउनलोड आपको उसे दिखाने वाला हो इस वीडियो में पॉज करिए चलिए मोबाइल स्क्रीन पर जा के देखती सबसे पहला आप आके आप लोगों को पेटीएम अप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा डाउनलोड करते ही आप लोगों को एक नया इंटरफेस आ जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकें डाउनलोड करते ही इस तरह का इंटरफेस आएगा जब भी ओपन करेंगे ओपन करने के बाद इस तरह का ओपन इंटरवेस आ जाएगा आप लोगों के आने के लिए आने के बाद आप लोग क्या करेंगे आप लोगों का देख लीजिए आप लोग का तो जो अपना मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर करेंगे जब भी प्रजिट करेंगे इंटर करेंगे प्रजिट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा इंटरफेस आने के बाद आप लोग सिलेक्ट करना पड़ेगा किस में आप लोग ओडीबी लेना चाहता है एस एम एस के थ्रू और क्या किस तरह कि से लेना चाहता है आप लोग पोस्टिट पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलाउ अलाउ का ऑप्शन आएगा अलाउ अलाउ कर दीजिए अलाउ करने के बाद आप लोगों के पास वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा एक आ जाएगा आपका आप जो मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पर एक ओ आ जाएगा उस ओ को यहाँ पर आप लोग फिल कर दीजिए मेरे पास आ गया मैं फिल कर दे रहा हूँ आप लोग यहाँ पर फिल कर दीजिए फिल करते ही आप लोगों के पास अगर ओ टी पी ना आए रिसेंट ओ टी का ऑप्शन दिया गया है इसमें इसमें क्लिक करेंगे फिर दोबारा दु, से आप लोगों को ओ टी पी भेज दीजिएगा मेरे पास जो है अभी कोशिश कर दे रहा हो कोशिश करते ही यहाँ पर देख लीजिए ऐड बैंक अकाउंट अभी मेरे को बैंक अकाउंट ऐड करना ऐड ऐड नहीं करना है तो यहाँ पर स्किप कर देता हूँ स्किप करते ही आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आप लोगों को वॉलेट एक्टिवेट करना है तो भी सल, सलाह आएगी पेटीएम ऐप्स इस पेटीएम ऐप्स सलाह आएगी इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को प्रोफाइल में ऊपर में देख लीजिए प्रोफाइल में क्लिक कर दीजिए प्रोफाइल में क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस बैस आ जाएगा आप लोगों का आप लोग क्या करेंगे देख लीजिए यहाँ पास सिक्योरिटी क्वेश्चन की वजह से इस तरह का आप लोगों का जो की कोड दिया है कि क्यूआर कोड आप लोगों को किसी के पास बेच के पस पेमेंट ले सकता है पेमेंट ले सकते हैं इसको एक्टिवेट करना है यहां से डाउनलोड भी कर सकता है आप लोग डाउनलोड करता है एक्टिवेट किस तरह से करना है यहां पर क्लिक कर दीजिए इस यहां पर क्लिक करते ही देख लीजिए यहाँ पर क्लिक करते ही यहां पर देख लीजिए एक्टिवेट नाउ एक्टिवेट नाउ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है तीस सेकेंड में ये अब अपडेट हो जाएगा इस तरह का इंटरपेस आ जाएगा जब भी क्लिक करेगा वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है वोटर आईडी, डी आईडी कार्ड ड्राइविंग पासपोर्ट पासपोर्ट और नरगा कर से यहाँ पर वेरीफाई कर पाएंगे आप लोग के वैसी करना है इसको के वैसी करने के लिए आप लोगों को वोटर आईडी सिलेक्ट कर लीजिए सिलेक्ट करते ही सिलेक्ट करके वोटर आईडी नंबर यहाँ पर फिल करिए फिल करेंगे अपना नाम फिल करेंगे यहाँ पर टिक मार्क लगा कर पर क्लिक कर देंगे समिट पर क्लिक कर करते ही आप लोगों को इस तरह का इंटरवेस आ जाएगा इंटरव्यूस आने के, के, के, के, के बाद आप लोग देख लीजिए यहाँ पर मिनी के वैसी हो गया मिनी के वैसे सक्सेसफुल हो गया ये मिनी के वैसे आप लोगों का अठारह महीना तक रहेगी अठारह महीना के बाद आप लोग को अठारह महीना की अंदर में अगर आप लोग फुल के वैसी नहीं करता है तो इसको डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा आप लोगों को आप लोगों को इस तरह का जो आया है अठारह महीना तक यूज़ करके कर पाएंगे इस कर पाएंगे यहाँ पर देख लीजिए अगर आप लोगों को आप लोगों को भी बैंक अकाउंट लिंक करना बाकी है अगर बैंक अकाउंट किस तरह से लिंक करना चाहिए वो अगले वीडियो में दिखा दूंगा थैंक यू वॉज वीडियो गुड बाय टेक केयर